हेलो वाइस कैसे हैं हाँ आप लोग आई आयो सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम आए हैं बहुत ही पुराने मंदिर है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये अंग्रेजों के ज़माने का मंद भाई इसे, इस मंदिर का नाम निपलिया छौनी है और मैं और भी चीज दिखाता हूँ जूमिंग करके और इसका निर्माण अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था तो so आइस अब चलते हैं दूसरे जगह आप जो ये पीछे देख रहे हैं यहाँ पे तरबूज की खेती होती है यहाँ पे आपको पूरा पीछे का दिखाता हूँ मान भोलेनाथ का मंदिर है मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ सुबह हम लोग सुबह से आए हैं आ चुके हैं यहाँ पे और बहुत जोर के भूख लगे अभी तक हम लोग कुछ नहीं खाए लिट्टी लेने। तो अब हम लोग चलते हैं गाइस। गाइस, तो अब हम so अभी बज चुके हैं सुबह के साढ़े सात और अभी मैं अपनी छत पे हूँ और यहाँ पे इतनी ठंडी है कि मत पूछो मैं आपको अभी दिखाता हूँ पीछे का पूरा ये देखिए इस कुआ के कारण कुछ दिख भी नहीं रहा सो इस कल रात को आने में हुई थी थोड़ी देर इसलिए वीडियो मैं पूरी नहीं कर पाया मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको लोकेशन दिखाया होगा आपको अच्छी लगी होगी सो so, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत पहुँचे तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में